Audio. नमस्कार दोस्तों फिर आपको महाकाली में आपका स्वागत है और फिर मैं महाकाली से आपको कुछ सूट का प्रोडक्ट दिखाने जा रहा हूं जैसे देखिए इस टाइप का सूट में अभी ये सब नए क्रिएशन नई चीजें आई है और ये सब जाम के ऊपर और दुपट्टा फैंसी काम इस तरह के और आपको हर तरह के हर चीज मिलेंगे और इसके बाद देखिए इस टाइप का जैसे हैंडवर्क में फैंसी चीज़ जाम के ऊपर और दुपट्टा फैंसी इसके बाद देखिए प्रिंट के ऊपर कुछ वर्क जैसे इस टाइप के सिंपल शोवर लोगों की मांग आती रहती है इसमें भी आपको सब में काफ़ी डिजाइने मिलेंगे और इस तरीके जाम कॉटन पीसी मेट हर तरह के आपको यहां हर वेराइटी में मिलेगा और कम लगा कम रेट से लगा कर, मतलब एट्टी से लगा कर, आपको हर रेंज हर चीज़ मिलेगी जैसे देखिए इस टाइप के फिर फैंसी चीज़ें और तमाम चीज़ें आपको एक से ब्राइडल भी मिलेंगे जैसे इस टाइप का फैंसी नेकवर्क और डायमंड के पूरी काम और जैसे इस टाइप के मल्टी प्लस में काम जैसे मल्टी और जरी का काम इस टाइप का और गरारा चाहिए गरारा में भी फैंसी चीज़ें जो है नेट के ऊपर खूब फैंसी गरारा और गरारा भी मतलब डबल गरारा देखिए डबल बॉर्डर वाला गरारा आपको मिलेगा फैंसी दुपट्टे वर्क इस टाइप के फैंसी फे, चीज़ें सूट में तमाम काफ़ी वेराइटी है संपर्क के लिए स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। उस पर वनली होलसेल के लिए संपर्क करें इस टाइप के देखिए वर्क में हैंडवर्क के काम और फैंसी जाम कोटर और सबका मैक्सिमम रेट है फिक्स रेट है और मैक्सिमम रेट रेट देखना है सीधे WhatsApp से जुड़िए स्क्रीन पर नंबर चल रहा है व्हाट्सएप पर आप हाई करके भेजिए आपको सारा पी चला जाएगा हल्का से लगा कर भारी तक हर वेरायटी मिलेगा यहाँ